क्या हो रहा है ना जीवन में कि शरीर जो है कहता है कि कसरत करो जरा उबला हुआ खाओ अच्छा खाओ हेल्दी खाओ लेकिन जो आत्मा है ना आत्मा <laughs> कह रही है कि मजा करो <laughs> सो आराम करो <laughs> समोसा खाओ कचोरी खाओ पिज्जा खाओ बर्गर खाओ <laughs> अब सर शरीर का क्या है देखिये शरीर तो नश्वर है <laughs> आज है कल नहीं कल नहीं आत्मा जो है वो अमर है तो किसका सुनना किसका चाहिए सुना?